कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती नहीं होती उनकी प्रेम कहानी अब क्या यही फिर से गाकर सुनाऊं तुझे देख प्रेम कहानी ने तुझे गद्दार बना दिया